my and hey let's go freedom freedom hello dosto welcome back to my youtube channel to so guys aaj hum explore karne wale hain qutub minar to so guys aaj hum batayenge aapko qutub minar ke bare mein you aur dikhayenge aapko yahan pe kya kya cheeze hain kya kya nahi hain तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप you, तो मेरे पीछे जो आपतुब मीनार देख रहे हैं ना ये कुतुबुद्दीन एबाकों ने बनवाया था सन ग्यारह सौ में और चलिए आपको दिखाते हैं कुतुबुद्दीन अबक ने ये कब बनवाया था और कैसा बनवाया था ये सात मंजिला कुतुब मीनार है दिखाते हैं आपको ये देखिए कितना ऊंचा है ये देखिए कुछ इस तरह का है कुतुब मीनार अलाई दरवाजा ये दिखाते आपको अलाई दरवाजे के अंदर दोस्तों यह है इमाई जमीन का मकबरा जो इस मस्जिद के इमाम थे उनका ये मकबरा है तो आइए अंदर से दिखाते हैं ये है इनकी कबर ये दिखा रहे हैं आप ये इनकी कबर है यहाँ के मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाते थे उनकी ये कबर है तो आइए अभी हम दिखाते हैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा और उसके बाद दिखाएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी का भी मकबरा आपको What? दोस्तों है इल्तुमस का मकबरा जो कि कुतुबुद्दीन अहमद जी के दामाद थे 1335 सौ पैंतीस में इनका इंतकाल दोस्तों यह है अलाउद्दीन खिलजी का देख है। ये है जो देख रहे हैं यह मीनार जो कि मीनार से दोगुना ऊंचा बनवाने की की कोशिश बट the i you friend